हेलो माय फ्रेंड्स आज मैं आपको लेके आ गए फिर से एक शानदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने 2021 में दहली पुलिस में फॉर्म अप्लाई किए थे उन सभी लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है आप लोग सभी लोग कैसे एडमिट कार्ड अपना निकालेंगे वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं जब तक हम आपके लिए अपनी पूरा प्रोसेस समझाएँगे उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें जब तक हमारा ये क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है तब तक हम आप लोग इस तो इसमें गूगल या क्रोम ओपन कर लें। अपने पर भी कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है।, है वो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है आप वो भी कराते हैं। जो भी करते हैं, वो से ही करते हैं और यही से हम जॉब भी निकलती है फॉर्म यही से भरते हैं तो यहाँ से आपके लिए थोड़ा नीचे आना है यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेगा आपके लिए एस एस सी डी पी हेड कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड आपके लिए क्लिक करना है क्लिक करते यहाँ पे एक नेक्स्ट वेबसाइट पे रन कर जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जब आपने अप्लाई कराया था तब से आपका ये फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है कब कराया कैसे नहीं कराया था क्या क्या इसमें मांगा गया था कितनी पोस्टें थी सब यहाँ पे पूरा अच्छा दिखाया जा रहा है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यहाँ पर आप जिस भी राज्य से राज, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर सभी दिखाया जा रहा है चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पे हमारी ये पेज ओपन हो रहा है जब तक जिन भाइयों का बहनों का जो भी एडमिट कार्ड पहले से है और जिनका नहीं है वो लोग भी यहाँ से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं जिनने फॉर्म अप्लाई कराया था वो लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से फॉर्म निकाल सकते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन भी खो गया होता है रोल नंबर भी नहीं होता है उन लोगों के पास तो बोलो कैसे निकालें तो आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पे कहता है इफ़ यू डू नोट के रहा हूं, यू रजिस्टर्ड आईडी आपके लिए यहाँ पे ना रोल नंबर और रजिस्टर्ड आईडी की जरूरत पड़ती है सिर्फ आपके लिए अपना नाम तो याद ही होगा हर किसी इंसान के लिए यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट फोर्थ कैप्टर मतलब आपके लिए अपने नाम के चार अक्षर पहले डालने होंगे तो मैं यहाँ पे किसी के चार अक्षर पहले डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पे कहता है फादर्स आपके पिताजी का पांच अक्षर फर्स्ट वाले आपको डालने होंगे यहाँ पे वो आपको यहाँ पे डालने हैं ठीक है ठीके? फिर अगला यहाँ से आता है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से डालनी है जितने भी आपके होगी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल लीजिएगा और डालने के बाद यहाँ पे मैंने डेट ऑफ जल्दी से फिल कर दी अपने यहाँ से तो यहाँ पे कहता है सिटी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी डालनी सिटी जिला जिस जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ पे डालना है यहाँ पे जो भी बता रहा है कि ये प्लस करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं डालने के बाद यहाँ पे करना सर्च आपके लिए सर्च करते हैं यहाँ पे आपका पूरा एडमिट कार्ड शो हो जाएगा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सिर्फ फॉर्म एक्सेप्ट हो पाया है एडमिट कार्ड निकलेगा वो भी या दस दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकलता है अब यहाँ पर आपका नाम एड्रेस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे रोल नंबर भी यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब है वो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे आपका टाइम भी दिखाएगा कितने बजे से कितने बजे के टाइम में आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी स्टी कौन सी जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ है तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से पूरा एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं तो आपको कैसी हमारी वीडियो लगी आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें जय हिंदू